हाय दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएं तो नंबर एक पर है पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं ये हमारे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के महत्वपूर्ण नियम है जैसे तीसरे नंबर पर लिखा है इस प्रकार से हम इन साइक्रियाओं का यूज करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर लिखा है जैसे कि हैज़ का प्रयोग हम एक वचन वाक के लिए करेंगे और दूसरे नंबर पर है नियम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ये नियम है इस नियम के अनुसार ही हम प्रेजेंट परफेक्ट का नियम में लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पांचे नंबर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं एक फॉर्मेटिव का जैसे कि हमने वाक लिखा है, तुमने बोला है तो ये वाक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक है तो साधारण वाक बनाने के लिए हमें इस नियम का यूज करना पड़ेगा तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा यू है यू। फिर वर्व। के लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा बोवचन है तो हम है वचन वाक के लिए हम हाइव का प्रयोग करेंगे प्लस मेनबर हमारी बोलना मेन वर्ब में, वर में थर्ड फॉर्म तो टेल तो थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा झूठ ए लाई इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का अफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पर ले और साथ ही अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आपने अभी प्रेजेंट पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं और अब सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हम बनाएंगे अफॉर्मेटिव का ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव वाक बनाने कुछ महत्वपूर्ण नियम है जैसे कि पहले नंबर पर लिखा है यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई वाक नकारात्मक मतलब तो करते हैं जैसे कि लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ग प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस नियम से हम एक वाक बना लेते हैं कैसे निगेटिव वाक बनता है जैसे कि हमने निगेटिव का वॉक लिख दिया हमने आम नहीं खाया है इस नियम के अनुसार हम इस वॉक को बनाएंगे जैसे कि हमने पहचाना कि यह वाक प्रेजेंट परफेक्ट का है और निगेटिव वाक भी है तो निगेटिव वाक बनाने के लिए इस नियम का यूज करेंगे हम तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा हमने तो वी प्लस हेल्पिंग वर्क हेल्पिंग वर्क हमारी है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में, वर में थर्ड फॉर्म खाया ईट तो थर्ड फॉर्म ईट में लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं